हेलो फ्रेंड्स माय मैंने प्याज सेफी मैं अपना ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ आज मैं जा रहा हूँ इस समय जलाली की तैयारी हो रही है जो जला जा रहा हूँ उस जलाली में जाके आपको वहाँ के खेत वहाँ के बाग ये चीज़ें दिखाऊँगा और इस ब्लॉग को आप देखिएगा, और फ्रेंड्स ये मैं तैयारी कर रहा हूँ ये अपने कपड़े चेंज करने के लिए मैंने ये कपड़े भी निकाली अपने और तो जलाली के लिए जाने के लिए ये मेरे सेटे ये मेरे चाइल्ड की जो जिस ब्लॉक को बनाने के लिए मेरे साथ में जा रहे हैं मैं ये शर्ट पहन के जा रहा हूँ इसमें जलाली के लिए दलाली के बीच में जो शेखा झील है शेखा झील भी दिखाऊंगा उस शेखा झील को देख के आपको अलग ही लगेगा कि वहाँ भी जाने चाहिए काफ़ी अच्छी जगह है वो शेखा झील भी बहुत अच्छा जगह है रेटिंग स्थल है जहाँ पे लाखों संख्या में पंछी आते हैं ठीक है फ्रेंड अब मैं गाड़ी निकालने जा रहा हूँ तैयार होने के बाद में और ये देखिए हमारा छोटा चाइल्ड है ये भी तैयार हो चुका अबू बघर ये ब्लॉग बनाने के लिए ये तैयार हो चुके हैं और देखिए है, ये मेरे चीज़ें ये तैयार हो चुका बाद मैं भी अब बस चूज़ करना बाकी है ब्लॉग बनाने के लिए इस समय जलाली जा रहे हैं हम जलाली जा रहे हैं और ये मेरा चाइल्ड अबू बगर ये भी जा रहा है ब्लॉग बनाने के लिए मेरे साथ चला ली मैंने गाड़ी निकाल दी है अपना ब्लॉग बनाने के लिए जा रहे हैं निकलने वाले हैं और ये ये हमारे विद्यालय ब्लॉक बनाने के लिए साथ साथ मिल जा रहा है बस आप कुछ देर में निकलने वाला हो ट्रेन में फाइनली जलाली पहुँच चुका हूँ और ये जलाली के पास में कटरे में आ चुका हूँ और ये पार्क है यहाँ का जलाली का दे। देख सकते हैं मैं जलाली आ चुका हूँ और इस पार्क के पास ही सरकारी स्कूल है प्राइमरी और खेत के लिए जा रहा हूँ पे आम के पागल ये बच्चे ये कर रहे हैं तो बच्चे इकट्ठे गायब हो जाते हैं ये देखो एंजॉय करते हुए बच्चों को अब इधर तो बच्चे तो इंजॉय कर रहे हैं इंजॉय करते करते थोड़ा थक चुके हैं हम भी करते हुए तो यहाँ पर आए यहाँ देखिए करेंगे करेंगे मगर जलाली के अंदर अंदर जितने इंदर आए हम हम हम हम बेहतरीन तरीके से हुआ और भी भी कर रहे हैं साथ में कि अभी जाएं हम भी करेंगे। अब आपको यहां के और खेत दिखाएं अब देख सकते हैं इधर अब यहाँ पे खेत जोते भी जा रहे हैं आम के बाग भी हैं यहाँ पे बहुत सौ रहे मेरे बीच में से एक मिनी फ्रॉक है वो पकड़ा है वो आप देख सकते हैं छोटा सा फ्रॉग है तो छोटा सा फ्रोग जब यहाँ से ये पानी है, उसका मिलाइएगा देख सकते हैं कितना छोटा सा फ्रॉक है ये तो उड़ गया, सॉरी भाग गया यहाँ के बाद थे तो मैं वापसी के लिए जा रहा हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको एक जलानी की मार्केट और बाज़ार दिखाऊंगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू